बिसमिल्ल रन रही अल्कुम नाजरी मैं सिकंदर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे 2002 के दंगों की बिल्किस बानू गेंगरेप केस में क्या इंसाफ हो गया है दो, दो में बिल्किस बानू का गेंगरेप हुआ था और उसके घर के कई अफराद मार दिए गए थे और जिनको सजा हुई है उन्हें अदालत ने गुजरात से रिहा कर दिया यह फैसला रेप के कानून का रेप होने जैसा है अगर नए को ठीक से लागू नहीं किया गया नहीं किया जा सकता तो यह नए का मजाक बनाने जैसा है इस फैसले पर पहुंचने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया ये एक मानवीय मामला है इसका फैसला किसी तकनीकी बिंदु के आधार पर नहीं किया जा सकता बिल्किस बानू मामले में हाल ही में 11 सजा याफ्ता मुजरिमों की सजा माफी के मामले पर ये भारत के नया में काम कर चुके कुछ वरिष्ठ सेवान न्यायाधीशों की कुछ ही दिन पहले पंद्रह अगस्त को इन चार दोषियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया रिहा होने के बाद इन दोषियों को मिठाई खिलाने उनका अभिनंदन किए जाने की कई तस्वीरें सामने आई ये 11 लोग साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानू के सामूहिक बलात्कार उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में उमर कैद की सजा काट रहे थे साल 2008 में मुंबई की एक विशेष सी अदालत ने इस मामले में इन 11 लोगों को उमर खैद की सजा सुनाई थी इस सजा के बाद में हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था इन दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार की बनाई गई एक समिति ने सर्वश से लिया है इस फैसले पर पहुंचने के लिए समिति ने गुजरात सरकार की 1912 सौ की उस सजा माफी नीति के आधार नीति को आधार बनाया जिसमें किसी भी श्रेणी के दोषियों को रिहा करने पर कोई रोक नहीं थी साल उन्नीस की नीति को आधार बनाने की वजह यह थी कि इन दोषियों में से एक राधे श्याम भगवान दास शाह की सजा माफी की अर्जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा माफी पर विचार साल उन्नीस की नीति के आधार पर किया जाए क्योंकि अभियुक्तों को जिस समय सज़ा सुनाई गई थी उस समय 1912 की नीति लागू थी आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी बिल की बात करेंगे हम अगले एपिसोड में तब तक के लिए खुदा खुदाफ़िर जजाकल्ला